समुद्र का पानी खारा क्या होता है कभी न कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा और आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं पर इससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है समुद्र का पानी खारा होने की सबसे बड़ी वजह है समुद्र के पानी में मौजूद लवण। और सवाल ये आता है की यह लवड़ समुद्र में आता कहाँ से है और लवड़ तो नदी के पानी में भी होता है पर वहाँ तो हमें मीठा लगता है पर यह जानने के लिए आपको एक चक्र समझना पड़ेगा समुद्र का पानी स्थिर है और पृथ्वी की नदियों का पानी बहकर समुद्र में ही मिलता है और यह पानी बाष्पी में बदलकर बादलों के द्वारा पुनः बारिश के रूप में पृथ्वी पर खिड़ता है और नदियों के पानी में इतना लवण नहीं रहता कि पानी हमें खारा लगे पर यह चक्र कई सालों से चलता आ रहा है और पृथ्वी की सतह में मौजूद लवण पानी में घुलकर नदियों के रास्ते समुद्र तक जाते हैं इससे समुद्र में लवण की मात्रा बढ़ती जा रही है और यही कारण है की समुद्र का पानी हमें खरा लगता है